हेलो फ्रेंड्स प्रीति किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन करी का रेसिपी बहुत ही इजी तरीक़ों से बनने वाली अगर आप इस तरह का चिकन करी घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में चार चम्मच तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है तो तेल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा दो दालचीनी का टुकड़ा चार लौंग और यहाँ मैंने एक बड़ी वाली इलायची और दो छोटी वाली इलायची को अच्छे से कूट लिया है और दो तेजपत्ता इसे हम डाल देंगे तेल में और इसी के साथ के चिकन के लिए मैंने यहाँ तीन ग्राम प्याज लिया है तो हम प्याज को तो भी इसमें डाल देंगे इसे मैंने बहुत ही रफली काटा है और इसे हम अच्छे से मिलाएँगे प्याज को मैंने ऐसे से मिला लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक से साठ चम्मच नमक ताकि प्याज हमारा जल्दी चुप हो जाए और इसे हम फुल फ्लेम पर दस से बारह मिनट के लिए पकाएंगे प्याज को जब तक ये बिल्कुल भी ड्राउन ना हो जाए तो प्याज का मैंने दस से बारह मिनट के लिए तक से फ्राई कर लिया है ये बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे चिकन को हम फुल फ्लेम पर पाँच से सात मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज क्लम हो जाए तो चिकेन को मैंने सात मिनट के लिए फुल फ्लेम पर फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच मिर्ची पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर पाँच से सात मिनट के लिए भूनेंगे मसालों को मैंने सात मिनट के लिए भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी तो मैंने यहाँ दो मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिया है इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे टमाटर को मैंने अच्छे से मिला लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक हमने शुरू में भी डाला था तो नमक का इस्तेमाल कम ही करेंगे और अब हम मसालों को बहुत ही अच्छा से भूलेंगे जब तक इसमें से तेल विलीज नहीं होने लगे टमाटर और मसालों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है देखिए इसमें से तेल रिलीज होने लगी है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर इसी के साथ डालेंगे दो चम्मच चिकन मसाला पाउडर और हम इसमें डाल देंगे तीन कटी हुई हरी मिर्च जिसे मैंने बेस खीरा लगा लिया है और इसे हम एक मिनट के लिए भूनेंगे मसालों को मैंने एक मिनट के लिए भूल लिया है तो गर्म मसाला चिकन मसाला हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ मैं एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ चिकन में इसे मिला लेंगे और इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे चिकन को मैंने लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पका लिया है तो चिकन बनके हमारा रेडी तो देखिए कितना बढ़िया चिकन करी बनके हमारा रेडी हो चुका है आपको आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय